मुख्यमंत्री निवास में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का महामेलन हुआ बैठक में लगभग 3000 मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए इस दौरान सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ संत रविदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का महामिलन हुआ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के आष्टा विधानसभा प्रभारी राजेश राजेशोरकर ने बताया कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव के नेतृत्व में इस बैठक में पूरे प्रदेश से 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज का इक्यावन किलो की पुष्प माला से स्वागत किया गया है मोर्चा प्रभारी राजेशोरकर ने मुख्यमंत्री को आगामी चाय आरोप चौपाल संवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और उसके अंतर्गत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं ऐसी आष्टा विधानसभा आमजन का परिचय कराया जाएगा एवं जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं उन्हें इसका लाभ दिलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ने भी इस मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस जो भ्रम फैलाने में माहिर है उनके करतूतों का मोर्चा प्रभारी घर घर जाकर बताए मोर्चा के प्रदेश की बैठक रखी गयी है